है के नहीं का बोल जिला क्या नहीं दिया। आप... पहले कौन सालों छोड़ के बच्चा चिल्ला चुप क्या मार के कह रख रखिए गंदा बोली